समंदर की पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिलता माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जबरील बोलता माँ जब मुस्कराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियाँ खिल उठी अल्लाह ने उसके सीने में वो दर्द वो दरक, वो मोहब्बत वो उल्फतों का एक जहाँ आबाद कर दिया है माँ तो फिर माँ ही होती है उसके सीने में रखा हुआ प्यार तो एक अजीब कायनत है तड़पती हुई ममता एक अलग ही जहान है कभी आपने देखा हो कि बच्चा घर से निकलता है दुनिया की बड़ी बड़ी में उसका हो रहा होता है। लोगों को अकलो बीन बात को लोग मोतियों की तरह झोलियों में डालते हैं और दुनिया की दानशगाहों में यूनिवर्सिटियों में और दरसगाहों में लोग उसके मोतियों जैसे जुमले सुनने के लिए बेताब होते हैं पहाड़ है, ये फेहमो का है। इसकी बातें भोले अंदाज में कहती है पुत्र जड़ा सड़क ध्यान से करनी। जो दुनिया को अकलो बीनश का सबक सिखाने जा रहा है उसको यह भी नहीं पता कि सड़क कैसे उबूर करनी लेकिन माँ के प्यार का रूप है ये माँ की का है ये उसकी उल्फत के रंग हैं है है। है मेरा बेटा खैर से घर पलट आए माँ के सीने में इतना प्यार क्यों है दुख जी लेती है तकलीफे गवार कर देती है गरीब माए तो बेटो और बेटियों का पेट पालने के लिए किसी के घर के बर्तन भी मांझने पड़े तो इससे भी गुरेज नहीं करते हैं गवारा कर देती हैं लोगों की माँ को अपनी औलाद से इतना प्यार क्यों है एक ही जवाब है इसलिए कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है मेरे जुमले को दिल के कानों से सुनना जिस माँ ने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार है जन्म देने वाली के प्यार का ठिकाना कोई नहीं तो जो खलक करने वाला है उसके प्यार का तो मां गवारा नहीं करती कि मेरा बेटा भूखा रहे तकलीफ में रहे बेटा भूख में तड़पे तो माँ बेचैन हो जाती है तो जो सत्तर माओ से ज्यादा प्यार करता है उसने कैसे गवारा कर लिया की मेरा बंदा भूखा रहे शहरी का खाना खाया है कड़कती तो पह बरसती गर्मी है जुबा पे पिपड़ी जम गई हलक खुश्क हो गया खाने के लिए पीने के लिए सब कुछ मुयसर है लेकिन कहा नहीं एक घूट भी नहीं लेना वजू करते भी एहतियात करना है हलक से नीचे कोई कतरा उतर ना जाए कुछ खाना भी नहीं है सत्तर माँओं से ज्यादा प्यार करने वाले रब ने ये कैसे गवारा किया इस मसले को समझने के लिए फिर दोबारा माँ की आगोश में आना पड़ेगा बेटा बीमार हो गया माँ डॉक्टर के पास ले गई उसने दवा तजवीज की सिरप लिखा वो कड़वा था बेटा पीता नहीं माँ ने जबरदस्ती उसको लटा लिया उसका हलक खोला मुंह खोला उसमें कतरे सीरप के टपका रही है बच्चा चीखता है रोता है लेकिन जू वो कतरे हलक से नीचे उतरते जाते हैं माँ के चेहरे पे तमानियत आती जाती क्या माँ सफाक हो गई है नहीं माँ की ममता छिन गई नहीं वो जो बेटे की आंख में आंसू नहीं देख सकती थी तड़पते हुए बच्चे को देख के मुतमिन क्यों है क्या माँ की ममता रुखसत होगी जवाब नहीं तो फिर क्यों माँ इतनी खुश है कहा बेटा नहीं जानता माँ जानती है चंद लम्हों की तकलीफ है कुछ लहजों की कड़वाहट और तलफी है लेकिन ये सीरप जब बेटे में उतरेगा तो नतीजा शफा की सूरत में बरामद होगा माँ की निगाह इस कड़वे सीरप पे नहीं माँ की निगाह नतीजे पे है कहा सत्तर माओ से ज्यादा प्यार करने वाला रब तुम्हें लेकिन भूख और प्यास इसलिए गवार है ला ला इसका नतीजा की सूरत में बरामद तुम्हें इतका की दौलत मिलेगी तुम तकवे का नूर पालोगे इसलिए महीना एक मौका है एक फुर्सत है हम इस फुर्सत को गनीमत जाने और अपने नफ्स को काबू में करें